हेलो गाई कैसे हो आप सभी लोग तो यार आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ जो मंथ सेवन का रॉयल पास आने वाला है उसके अंदर आप 360 वाले रॉयल पास में 120 यूसी का डिस्काउंट कैसे ले सकते हो और जो 960 वाला रॉयल पास है उसके अंदर आप 140 यूसी का डिस्काउंट कैसे ले सकते हूं? अब गई इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ देखो ग्राफिक के अंदर जैसे ही मैं जा रहा हूँ तो मेरे तो यहाँ पर है ना आई क्यू लीजेंट में नाइनटी एफ अनलॉक हो चुका है मेरे ये पहले अनलॉक नहीं था लेकिन सिर्फ स्मूथ पर ही अनलॉक हुआ है बाकी कोई भी ग्राफिक के ऊपर अनलॉक नहीं हुआ है अभी मैं लॉबी के दिखा रहा हूं आपको ये देखो यहां पर तो मैंने जैसे अपडेट किया भाई साहब मैंने देखा कि यार बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया मुझे लगा कुछ तो चक्कर है जब सेटिंग में जाकर देखा भाई साहब 90 FPS अनलॉक हो चुका है मेरे तो काफी स्मूथ चल रहा है अभी YouTube की वीडियो पर आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बताओ यार किस किस के नाइन एफ अनलॉक हुआ है इसके अलावा इवेंट में के बाद आपको रिडीम में देखोगे तो यहाँ पर एक स्कॉरपियन की स्क्रीन मिल रही है ये फ्री में मिल रही है इस कैसे लेनी आगे बताऊंगा देखना इस वीडियो को इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर भाई अचीवमेंट का ऑप्शन ही हटा दिया है तो आपको यहाँ पर राइट में स्क्रॉल करना है उसके बाद ऊपर आप थ्री डॉट देख पा रहे होंगे थ्री डॉट के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ये यह देखो अचीवमेंट यहाँ, यहाँ पर आ चुके हैं इसके अलावा दो न्यू अचीवमेंट भी ऐड हुए हैं तो ये अचीवमेंट कैसे कम्प्लीट करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा इस वीडियो में नहीं बता सकता बिकॉज वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो जाएगी बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे इवेंट के बारे में बताने वाले इसके अंदर आपको फ्री में काफी सारे आइटम मिल रहे हैं अब देखो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो इवेंट है अभी शो तो नहीं हो रहा है लेकिन आपको सबसे लास्ट में यहाँ पर स्क्रॉल करना है उसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो ये इवेंट है ग्रुप परचेस पर्क का तो गई ये वाला इवेंट अगर आप इंडिया से खेल रहे हो तो आपको वी की जरूरत पड़ेगी आप यूएसए का वी लगा सकते हो अब देखो यहाँ पर सिम्पली ओपन हो चुका है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एम सेवन रॉयल पास की फिफ्टी आरपी की मिट्टी आउटफिट दिख रही होगी लेफ्ट में सो के गई सब जानते हैं कि इस इवेंट को फटाफट से कैसे कम्पलीट करना है तो सबसे पहले आप लेफ्ट में देखोगे आपको एक कार्ड दिखाई दे रहा होगा सिल्वर कलर का तो यह है आरपी अपग्रेड कार्ड और राइट में आपको गोल्ड कलर का दिख रहा होगा ये है इलाइट आरपी अपग्रेड कार्ड तो ये जो कार्ड है न, अगर आप यहाँ से बाय कर लेते हो तो ये आपके सीधे इन्वर्ट्री के अंदर आ जाएंगे और जैसे यहाँ पर एम का रॉयल पास आएगा तो आप इन्हें यूज करके सीधे ही रॉयल पास बाय कर सकते हो आपको उस टाइम पर कोई भी यूसी नहीं देनी डायरेक्ट कार्ड को यूज करना आपका रॉयल पास बाय हो जाएगा एम का यूसी यहाँ पर लगानी आपको बिकॉज के अंदर आपको काफी सारी यूसी का डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए आपको यहां पर, पर और, पास है और एक इलाइट पास प्लस वाला रॉयल पास है तो अब जो सिल्वर वाला कार्ड है उसके नीचे आप देखोगे तीन सौ साठ यूसी कट करके आपको तीन सौ पचास बता रहा है कि 10 का तो आपको यहाँ पर ही मिल गया और नौ साठ वाले में आप देखोगे तो नौ में आपको पड़ रहा है तो 30 उसी का डिस्काउंट नौ साठ वाले में मिल गया अब बात आती है यहाँ पर और भी ज्यादा डिस्काउंट कैसे मिलेगा तो नीचे की तरफ आप देखोगे आपको एक ज्वाइंट ग्रुप वाला बटन दिख रहा है और एक क्रिएट ग्रुप वाला बटन दिख रहा है तो हमने अभी क्लिक कर दिया है वाले बटन पर जैसे यहाँ पर ज्वाइंट ग्रुप पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ ग्रुप आ जाएंगे जो की आपके फ्रेंड ने बनाए होंगे तो आप इनके ग्रुप को ज्वाइन करके इनमें एड हो सकते हो अभी यार एक ग्रुप के अंदर टोटल तीन बंदे आते हैं और तीन बंदे आने के बाद यहाँ पर जो इवेंट है पूरी तरह से कम्पलीट हो जाता है अब गई ये तीन बंदे कौन होते हैं एक तो वो खुद होता है जिसने ग्रुप को क्रिएट किया इस ग्रुप को बनाया है और दूसरे उसके टीममेट होते हैं या फिर फ्रेंड्स होते हैं जो कि उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और गई अगर आपको अपने फ्रेंड का ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप ग्रुप की आईडी ऊपर डालकर भी सर्च कर सकते हो अब गई मान लो ये जो ग्रुप बने हुए हैं मेरे फ्रेंड्स ने बनाए इनके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ जॉइन ग्रुप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे रॉयल पास बाय करने को बोलता है यानी कि यहाँ पर जो कार्ड है ना सिल्वर एंड गोल्ड वाला आप कौन सा लेना चाहते हो तीन सौ वाला या फिर नौ सौ वाला तो गैस वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा रॉयल पास यहाँ से लेना चाहते हो अब अगज मान लो मैं तीन सौ साठ वाला रॉयल पास यहाँ पर ले रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे दस यूसी का डिस्काउंट तो मिली जाएगा अभी इससे सिल्वर कार्ड के नीचे आप देखोगे लिखा गया डिस्काउंट बाय जीरो यूसी अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वाउचर एक्टिवेट करने को बोलता है तो गई अभी कोई वाउचर हमारे पास है नहीं क्योंकि हमने रॉयल पास मिशन कम्पलीट ही नहीं किए तो गैस चलो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ जैसे कि M6 का रॉयल पास आया था ना अभी मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ यार रॉयल पास के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आप 30 आर पर देखोगे आप सभी को पता होगा एक सिक्सटी यू का हमें वाउचर मिलता है हर पुराने रॉयल पास में तो ये जो वाउचर है ना हर नेक्स्ट रॉयल पास में काम आता है तो फिर से हम ग्रुप परचेज पर्क में चलते हैं और ये जो वाउचर अभी आपने देखा ना सिक्सटी यू का ये आप इस इवेंट के अंदर यूज कर सकते हो और डिस्काउंट ले सकते हो अगले रॉयल पास में तो फिर से हम ज्वाइंट ग्रुप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे तो वो जो वाउचर है ना 60 यूसी का अगर आपके इन्वर्टर के अंदर पड़ा है तो वो यहाँ पर हो जाएगा कि साठ यूसी का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा तो कही सर इसका मतलब ये है कि ये 60 सी का वाउचर एक्टिवेट करने के बाद आपको तीन सौ वाला जो रॉयल पास था वो 310 में हो जाएगा और अगर आप नौ वाला रॉयल पास लेते हो तो ये यार आठ का हो जाएगा और गई अभी तो कुछ भी फायदा नहीं होगा अभी तो और फायदा होगा अब सबसे पहले बात करते हैं क्रिएट ग्रुप की अब ये जो क्रिएट ग्रुप का बटन आपको दिख रहा है इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली रॉयल पास का ये बंडल खरीदने को बोलेगा बिकॉज का ये जो ग्रुप होगा ना आपका खुद का होगा और इस ग्रुप के अंदर आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करके ऐड करवाना पड़ेगा और ज्वाइन करने के लिए रॉयल पास खरीदना पड़ेगा चाहे तीन वाला खरीदे या फिर नौ वाला और गई आप जैसे क्रिएट ग्रुप करने जाओगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर वाउचर का भी ऑप्शन मिल जाएगा तो सिक्सटी सी का वाउचर आप यहाँ पर भी लगा सकते हो और वही डिस्काउंट आपको मिलेगा जोइन ग्रुप में आपको मिल रहा था अब गान लो आपने कोई भी क्रिएट ग्रुप कर लिया है कोई भी रॉयल पास आपने ले लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब गई आपको दो बंदे और ऐड करवाने यानी कि टोटल तीन मेंबर का ग्रुप होता है अब गई मान लो आपके ग्रुप के अंदर टोटल तीन गए, जैसे तीन हो जाएंगे तो राइट में दिखाई दे रही 20 ट्वेंटी आपके ईमेल में सेंड कर दी जाए इसके अलावा ट्वेंटी इस के थर्टी यूसी और दिखाई दे रही होगी आपको कैसे मिलेगी अब मान लो आपके ग्रुप के अंदर कोई ऐसा बंदा ज्वाइन होता है जिसने कभी रॉयल पास नहीं लिया है या फिर बहुत टाइम बाद रोयल पास ले रहा है तो गई अगर आप ऐसे बंदे को अपने ग्रुप में ज्वाइन कराते हो तो गई आपको 30 यूसी और मिल जाएगी यानी कि फिफ्टी यूसी आपके सीधे ईमेल में आ जाएगी और डायरेक्टली उसको आप कलेक्ट कर सकते हो गैस ये जो 30 एक्स्ट्रा वाला फायदा है पूरे ग्रुप और नौ सो साठ वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल डिस्काउंट मिल रहा है तो गई थिंक आपको पूरा ग्रुप वाला इवेंट समझ में आगे होगा इवेंट देखते हैं। तो तो कैसे अगर आपने गेम को अभी अपडेट किया सबसे कि तो सब आप चलो मैं आपको बताता हूँ तो गई यहीं पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है डैमेज का ऑप्शन आएगा डैमेज आप देखोगे डील ए टोटल टू हंड्रेड डेमेजिक तीन स्क्रैप और बीपी कॉन्स मिल रहेगी और, तो और यहाँ पर यह 20 कैप मिल रही है, उसके बाद आठ सौ का डैमेज देने पर आपको थर्टी मिलेगी और गई फिर से एक का डैमेज देने पर आपको यहाँ पर थर्टी और मिलेगी यानी तो कि टोटल एटी चैम्पियन कैप आपको यहाँ से मिलेगी और गई ये जो मिशन है ना इसे आप एक ही बार कम्पलीट कर सकते हो ये बार बार रिफ्रेश नहीं होंगे चलो और मिशन देखते हैं कहाँ पर है तो इसी के नीचे एक सीजन का ऑप्शन आ रहा है तो इसके अंदर दिखाया गया मिशन भी आप इन्हें भी एक ही बार कंप्लीट कर सकते हो तो यहाँ पर कुछ मिशन दिए गए हैं जैसे कि प्लेस फर्स्ट टाइम प्लेस फर्स्ट टाइम का मतलब होता है एक बार चिकन डिनर करना है आपको और ये आपको क्लासिक बोर्ड के अंदर करना है एक बार चिकन डिनर करने पर आपको 10 चैंपियन कैप मिलेंगे उसके बाद नेक्स्ट मिशन देखो प्लेस फर्स्ट फाइव टाइम यानी कि आप पांच बार चिकन डिनर करते हो तो आपको फिर से 10 चैंपियन कैप मिलेंगे और दो क्रिस्टल मिलेंगे क्रिस्टल आप सभी को बताया कहा काम आता है अब इसी के नीचे एक और मिशन है प्लेस फर्स्ट टाइम टाइम यानी कि आपको दस बार चिकन डिनर करना है और इसके बदले आपको पचास चैंपियन कैप मिलेंगे अब गई जर इसके जस्ट नीचे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देखोगे लॉगिन फॉर 1 डे तो इसके मतलब आपको 10 कैप मिलेंगे और एजी करेंसी मिलेगी तो सबसे पहले इसको कलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज़ लॉगिन कर लिया हमने ओके okay, इसके क्लिक करने के बाद नीचे आप देखोगे लॉगिन फॉर 2 डेज आपको 20 मिलेंगे लॉगिन फॉर 3 डेज 30 मिलेंगे और क्रिस्टल भी मिल रहा है गाइस साथ में उसके बाद एक सप्लाई कूपन है 5 डेज लॉगिन करने पर और एक क्रिस्टल मिल रहा है इसके अलावा गाइस सबसे नीचे एक और मिशन है डिस्टेंस पर चलते हैं तो यहाँ पर भी आपको मिल रहे हैं तो भाई सबसे पहला मिशन है 3000 मीटर आपको ट्रेवल करना है यानी कि आप व्हीकल में भी कर सकते हो पैदल भी दौड़ सकते हो तो 3000 मीटर फिर 6000 मीटर करने पर आपको एक बैग मिलेगा टाइम लिमिट जो कि काम का नहीं है उसके बाद 2000 मीटर ट्रेवल करने पर आपको 10 चैंपियन कैप मिलेगी उसके अलावा 12000 मीटर ट्रेवल करने पर आपको एक सप्लाई क्रेड मिलेगा और 15000 मीटर ट्रेवल करने पर आपको एक क्लासिक क्रेड मिलेगा ओके okay, अभी चलते हैं रिडीम के ऊपर रिडीम में आप देखोगे ये स्कॉर्पियन आपको कितने चैंपियन कैप में मिल रही है आपको डेढ़ चैंपियन कैप कलेक्ट करने तब ये स्कॉर्पियन यहाँ रख सकते अलग और भी टर्टी रिवॉर्ड मिल रहे हैं लेकिन सबसे पहले स्कॉर्पियन को रिडीम कर लेना उसके बाद बाकी आइटम को देखना इसके अलावा एक और इवेंट आया हुआ है जिसके अंदर आपको फ्री में फ्राइम मिल रही है कहाँ पर गया ओके ये यहाँ पर न्यू बोर्ड तो ये जो इवेंट है ना कल की वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कल वाली वीडियो का चेकआउट कर लेना उस वीडियो का लिंक जो ना मैं डिस्क्रिप्शन में टॉप में दे दूंगा उसको जरूर चेकआउट करना मैंने आपको बता दिया इस इवेंट को कैसे कंप्लीट करना है इसके अलावा एक और इवेंट आया हुआ है तो सबसे पहले आपको इवेंट में जाना उसके बाद गिफ्ट के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको एक बोनस आरपी पॉइंट का इवेंट देखने को मिलेगा अब गई इस इवेंट के अंदर आपको जितने भी आरपी पॉइंट मिलेंगे ना वो आप इस रॉयल पास, पास के अंदर भी यूज कर सकते हो और एम रॉयल पास के अंदर भी यूज कर सकते हो बिकॉज गो कलेक्ट भी करने होते हैं आर पॉइंट जब तक आप कलेक्ट नहीं करोगे आपके इन्वर्ट्री के अंदर ये नहीं आते है तो देखो ये जितने भी आर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहे ना आप एम में कलेक्ट कर सकते हो बिकॉज देखो ये इवेंट है ना बीस जनवरी तक चलने वाला है और रॉयल पास तो सत्रह जनवरी को ही आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये इवेंट है ना रॉयल पास के बाद भी रहने वाला है तीन दिन तक और रहेगा तो आप कलेक्ट कर सकते मैं तो बिल्कुल ऐसा ही करने वाला अब लेफ्ट में आप देखोगे काफी सारे आपको मिशन दिखाई दे रहे हैं जिसके बदले आपको काफी सारे टोकन मिल रहे हैं ब्लैक कलर के तो इस सारे टोकन है ना यहाँ पर नीचे आप देखोगे इस बटन पे क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हो जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाओगे ना आपके आरपी पॉइंट इंक्रीज होते जाएंगे जैसे की ट्वेंटी है ना मेरे तो लगभग आपके चांसेस है कि आपके 200 सौ आरपी पॉइंट तो यहाँ पर हो ही जाएंगे यार आपसे। तो आपको लेफ्ट में दिख रहा है सारे के सारे मिशन कंप्लीट कर दें। उसके बदले आपको टोकन मिलेगा ब्लैक कलर के और यहाँ पर आपको ड्रॉ कर देना है। तो आपके आरपी पॉइंट इंक्रीज होते जाएंगे आपका लक है कितने बढ़ते है, पर आता है कभी चालीस आ जाता है कभी साठ कभी अस्सी कभी सत्तर ऐसे पॉइंट बढ़ते रहते हैं तो जाओ यार आरपी पॉइंट बढ़ाओ फटाफट मिजन कम्प्लीट करके और देखोग ये आरपी बोनस वाला इवेंट और फ्री फ्रेम वाला इवेंट और जो स्कॉर्पियन वाला इवेंट था वो सारे इवेंट है ना बीजेमआई के अंदर भी आएंगे लेकिन 1.8 अपडेट के साथ में अभी यार बीजेआई का वन मेरे ख्याल से 14 जनवरी को आएगा या फिर 16 जनवरी या फिर 15 जनवरी तीनों में से किसी डेट को भी आ सकता है लेकिन अगर आप अब जो अपडेट डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से जाकर फटाफट डाउनलोड कर लो तो बस गई आज इस वीडियो के अंदर इतना ही आई होप की आज की वीडियो काफी पसंद आएगी प्लीज वीडियो को लाइक कर देना सारे के सारे इवेंट आपको समझा दिए तो यार मिलता है अली वीडियो में कुछ तब तक यार बाय बाय फ्रेंड